गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज 9 जून है 9 जून 2022. तो आज मेरी शादी की सालगिरह है और मेरी शादी को 8 साल पूरे हो चुके हैं. तो इसी खुशी में मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा पर इस व्लॉग में मैं दो से तीन ब्लॉग और डिवा ऐड करूँगा जिसमें कि मेरी मदर का बर्थडे और एक आधा और हम इसमें सेलिब्रेशन दिखाएंगे तो मैं आज गुरुद्वारा जाऊँगा मेरी फैमिली के साथ में बाबा जी के दर्शन करेंगे उनकी ब्लैसिंग्स लेंगे फिर उसके बाद मैं अपने मॉम डैड के पास जाऊँगा उनकी ब्लैसिंग्स लूँगा गाइज क्योंकि मेरा आज मेरी शादी की सालगिरा है और मेरी शादी को आठ आठ साल पूरे हो चुके हैं तो गाइज़ तालियाँ मारी मेरे लिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरी ऑडियंस ताकि मैं आगे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाऊँ और दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के हम अपने चैनल को प्रमोट कर करवाई तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सबको तो मेरा वीडियो अच्छी लगती हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए बेलैकन दबाइए तो जोड़े कर का यहाँ पे भी हुआ है बहुत अच्छा भी बनाया हुआ है ये देखिए जोड़े जोड़ागढ़ ये जोड़े घर जो फैन नगढ़ साहब के हैं तो तो सी Few later. तो ये हम आए हैं अपना खाना लेने गुटवारे से हम हैं, तो हम चले खाना खाने वेज खाना खाएंगे आज ये देखो भैया को बोलते हो कि मेरा ऑर्डर दे दो बोल बोल। वाहगुरू कुछ का खालसा वाहर करना जो भी है अपने ओल्ड की गलियां हैं सड़कें हैं तो आज मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है दो दो और हम हमी के बर्थडे केक केक लाए हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। चिते चिते है, है। का कुछ चिट्टे चिट्टे मम्मी ये आपकी बर्थडे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आए हैं हमारे अभी तो ना पख बंद करो एसी बंद करो बंदी हां दूसरी बात भी ले ले हां रुकने चाचा जी नो पेट लग गया भी हेलो हैप्पी दादी को विश कर मौसी किधर है ओके मोमबत्ती और डब्बा हैप्पी बर्थडे दादी हैप्पी बर्थडे दादी हैप्पी ओह सेंटोमे हैप्पी बर्थडे तो, तो केक चना आ गई वोचे बचना वाड जानी अभी इसको इन 11:00 बजे कट दी नहीं नहीं ऐसा तो है हैप्पी बर्थडे केक नानी नानी अपने ब्लॉग में हम हैप्पी बर्थडे का भी और बर्थडे का भी वीडियो बनाते हैं तो ये है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मम्मी है ने क्डे तो ये जी इतनी तो से गेम खेल रहा है इसको पता नहीं है कि मैं इसको चूज कर रहा हूँ देखो भाई अगर एक जी गेम खेल रहा फोन पे तो उसको कोई मतलब नहीं है कितनी से ध्यान से देखो उसको कितनी मस्ती से गेम खेल रहा है देखो कोई मतलब नहीं है इसको दिन दुनिया से बस गेम खेलनी है सिर्फ इसको क्या हो रहा है